ए भैया, ताहे उदात वाला हो। का देखना बड़ी लाइन लग लाइन ला तू है बिरिया में दल हाँ तो। कि भांग चढ़ता आता यही अच्छा बुदगनी में बाबा बाब बा बानू इनका ते एक उपाय दल पियाे ते आ रुकव हो जी लोग समझाव झूठ कहले